अच्छा आई एस ट्वेंटी में बेसिकली है क्या कि हम फॉर एग्जाम्पल किसी फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन में एंटर होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई रिसिवेबल्स है जो फॉरन करेंसी के अंदर है फॉर एग्जाम्पल यूएसडी टेन थाउजेंड इसी तरह से हमारे कुछ हो सकता है पेबल्स हो USD के अंदर 10,000। तो so, लोकल और फॉरेन करेंसी का चक्कर पहले मैं क्लियर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रेट दिया हुआ है वन GBP बी पी इज इक्वल टू वन पॉइंट ठीक है ये एक्सचेंज रेट है इसका मतलब क्या है हेलो हेलो हम्म बीच में कुछ कनेक्शन में डिस्टरबेंस आई है जी अच्छा मैं ये कह रहा था कि ये एक्सचेंज रेट मैंने लिखा है यहाँ पर इसका मतलब समझ में आता है हेलो हेलो football hello हेलो हेलो जी जी सर अब सही आ रही आवाज अच्छा ये मैंने एक्सचेंज रेट लिखा है राइट जी अब इसका मतलब हम ये रेज्यूम कर लेते हैं कि कि ये हमारी लोकल करेंसी है जी और ये हमारी फॉरेन करेंसी इसका मतलब ये हुआ कि एक लोकल करेंसी का जो यूनिट है वो 1.50 फॉरेन करेंसी यूनिट के बराबर है जी। एक सेकंड होल्ड करो। जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 10,000 थाउजेंड यूएसडी है तो हम क्या करेंगे 10,000 को डिवाइड करेंगे वन पॉइंट से तो हमारे पास क्या आ जाएगी लोकल करेंसी आ जाएगी सही तो mm. इस तरह से लिखने को ना हम कहते हैं इनडायरेक्ट कोट यूके में इस तरह से रेट कोट किया जाता है इनडायरेक्ट कोर्ट का मतलब ये होता है कि लोकल करेंसी का वन यूनिट लिखा हुआ होगा हमेशा जब भी लोकल करेंसी का वही वन यूनिट लिखा हुआ होगा तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट कोर्ट और फॉरेन करेंसी से लोकल करेंसी मिलाने में हम डिवाइड का रूल लगाते हैं ठीक है अच्छा अब अब फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन आती है तो उसको हम इनिशियली मेजर करेंगे हमेशा उसकी इनिशियल मेजरमेंट लोकल करेंसी पे कैसे होगी इसके ऊपर होगी स्पॉट रेट के ऊपर जिस डेट के ऊपर ट्रांजैक्शन होगी उस ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर जो रेट चल रहा होगा उसके ऊपर हम अपनी फॉरेन करेंसी आइटम को ट्रांसलेट कर लेंगे हमने गुड्स खरीदे क्रेडिट के ऊपर फिफ्टीन थाउजेंड यूएसडी रेट चल रहा था हमारा 1 GBP बी पी इज इक्वल टू ठीक है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे पहले परचेजेस की एंट्री पास नहीं कर सकते जब तक हम 15,000 USD को लोकल करेंसी में कन्वर्ट ना कर लें तो हम सबसे पहले कन्वर्जन करते हैं तो कन्वर्जन में हमारे पास 15,000 USD आ गए और इस 15,000 थाउजेंड यूएसडी को हमने 3010 से डिवाइड किया तो हमारे पास जी बी पी आ गए ट्वेंटी वन ठीक है 21, ये जी है 512 हंड्रेड एंड ट्वेल्व तो ये जी आ गए हमारे पास ठीक है अब इससे हम रिकॉर्डिंग करेंगे परचेज एलेवन फाइव थ्री जीरो एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट एलेवन फाइव थ्री जीरो ठीक है ये पेबिल हमारे बैलेंस शीट में चला गया जी और अब उसके बाद होगा क्या उसके बाद ये होगा कि इनिशियल मेजरमेंट तो हमारी हमेशा ट्रांसलेट होगी जब हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के ऊपर जाएंगे इसको बाद में दोबारा ट्रांसलेट करना है या नहीं करना जब हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे जाएंगे तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन हमारे पास है ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है या नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के अंदर हमारे पास आ जाते हैं तमाम रिसीवेबल्स एंड पेबल्स यानी कि इनिशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर हमारे पास कोई रिसीवेबल और पेबल क्रिएट हुआ तो वो मॉनेटरी वैल्यू है और अगर कोई रिसीवेबल पेबल नहीं है कोई प्लांट एंड मशीनरी है टेंजिबल नॉन करंट एसिड है टिबल नॉन करेंट एसेट है इनट्री है पहले यह आइडेंटिफाई कर लिया मॉनिटरी है नॉन मॉनिट्री अगर ये मॉनिटरी है तो इसको फिर हम देखेंगे ट्रांजेक्शन है ये सेटल्ड ट्रांजेक्शन थी या ये ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट डेट के ऊपर अनसेटल ट्रांजेक्शन ठीक, ठीक है अब इसका मतलब क्या है कि सेटल्ड ट्रांजेक्शन थी या अनसेटल ट्रांजेक्शन थी सेटल्ड का मतलब ये होता है कि बिफोर बैलेंस शीट अगर कोई रिसीवेबल थे तो वो रिसीव हो गए ठीक है। और अगर कोई पेबल थे तो वो पेबल हमने पे कर दिए, तो हम कहेंगे इट्स ट्रांजेक्शन अच्छा अनसे ट्रांजेक्शन का मतलब है है। कि receivable outstanding है। अभी balance sheet date के ऊपर वो receivable हमें collect नहीं हुए हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग रिसीवे अगर सेटल ट्रांजेक्शन हुई तो हम रीट्रांसलेट करेंगे दोबारा इसी को एट सेटलमेंट डेट सेटलमेंट डेट के ऊपर जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उस एक्सचेंज रेट से पहले इसको रिट्रांसलेट करेंगे और उस रिट्रांसलेशन के ऊपर हमारे पास जो गेन या लॉस आएगा एक्सचेंज गेन और लॉस उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे ठीक है अब इस पर एक सवाल कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स परचेज किए फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन को और उसकी कॉस्ट थी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड यू उसके बाद हमने USD पे कर दिए 30th September 2016 ठीक है एक्सचेंज रेट हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो अवेलेबल हैं वन GBP बी पी इज इक्वल टू ये हमारे पास अवेलेबल था फर्स्ट January 16 को और वन GBP बी पी इज इक्वल थ्री वन टू जीरो यूएसडी ये हो गया थर्टीए September सोलह को बैलेंस शीट ये ट्रांजैक्शन सेटल हो गई ना तो तो ये हो गए तो बैलेंस शीट की जरूरत नहीं September है दिसंबर है ना अच्छा जी अब हम क्या करेंगे इसकी इनिशियल मेजरमेंट करेंगे सबसे पहले तो जब हम इसकी इनिशियल मेजरमेंट करने जाएंगे तो पहली मरतबा इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस रेट के ऊपर तो हाउ मेनी जीबीपी सिक्स फाइव वन थ्री सिक्स फाइव वन थ्री ठीक है फिर उसकी सबसिक्वेंट मेजरमेंट देखेंगे तो पहले तो ये चेक करेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है ठीक है फिर ये चेक करेंगे ये है, तो ये सेटल्ड ट्रांजेक्शन है तो सेटलमेंट के ऊपर रीट्रांसलेट करेंगे वन आप कितना जी बी पी बनता है अब हमारा अकाउंट्स पेबल सेटलमेंट में इतना हो गया तो लाइबिलिटी में कितना चेंज आया six, four, seven, nine, nine, six, four, nine, थर्टी फोर थर्टी फोर डिक्रीज हो गई है इसका मतलब है है एक्सचेंज गेन ठीक है? अब मैं इसकी एंट्रीज़ पास करता हूं। सबसे पहले तो मैं इनिशियल मेजरमेंट की एंट्री पास करता हूँ परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ सिक्स फाइव वन थ्री और अकाउंट्स स्टेबल क्रेडिट हुआ सिक्स फाइव वन थ्री एंट्री पास हो होगी इनिशियल मेजरमेंट की ठीक है उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमने पेमेंट करने के लिए कैश दिया होगा कितना कैश दिया होगा 6, 4, 7, हमारी कितनी थी थ्री तो हमें थर्टी फोर का गेन हुआ और एक्सचेंज गेन क्रेडिट हो जाएगा गेन हमेशा क्रेडिट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा इनकम प्रॉफिट प्रॉफिट में में ऐड ऐड हो हो जाएगा हो जाएगा ग्रॉस ठीक है तो ये तो हो गई सेटलमेंट की बात ठीक है आप चलते हैं अनसेटल्ड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एक नई एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं हमने क्रेडिट uh, सेल्स की फर्स्ट अक्टूबर सोलह को टू फाइव डबल जीरो यूएस बैलेंस शीट हमारी बन रही है थर्टी फर्स्ट दिसंबर सोलह ट्रांजैक्शन इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट uh, जो हमें है अमाउंट रिसीव जो हमें हुआ है यानी कि ट्रांजेक्शन सेटल्ड कब हुई है ये 15 जनवरी 17 को सेटल्ड होगी। तो इसमें मैंने दोनों चीजें डाल दी अनसेटल भी है, सेटल्ड भी है। जी। अच्छा जी एक्सचेंज रेट की डिटेल हमारे पास है फर्स्ट अक्टूबर 16, वन जी is equal to 1.3896 USD 31st december 16 pe 1 GBP is equal to 1.3740 USD aur first uh, 15th january 17 par 1 GBP is equal to 1.3900 USD ye teen rates aage कैलकुलेट एक्सचेंज ग लॉस ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर '16 एंड फिफ्टींथ जनवरी '16 एंड पास ऑल जर्नल एंट्रीज एग्जाम में वो गेंद और लॉस भी पूछ सकता है जर्नल एंट्रीज भी पूछ सकता है हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम इनिशियल मेजरमेंट करेंगे ठीक है तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स कितनी है व्यू का मॉक कभी ट्राई नहीं अकाउंट वगैरह बनाया? मैंने लेकिन मुझे यूज ही आया हम्म चलो मैं जो ना वो बना के ना भी लाइव ही हम कुछ करके कोशिश करते हैं कुछ बन जाए या मैं आईडी क्रिएट करके दे दूंगा तरीका बता दूंगा उस पे एफ वन का ना एक मॉक ट्राई करो ठीक है अच्छा। ताकि आइडिया हो के एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग कितनी ठीक है बाकी मैं तुम्हें जो ना एक चीज दूंगा बट इस कंडीशन पे किसी और के साथ शेयर नहीं होते अच्छा अच्छा क्या सर वो है अच्छा। वो हैं कुछ कुछ रियल क्वेश्चंस क्वेश्चंस एग्जाम एग्जाम के मुझे कहीं किसी सोर्स से मिले थे उससे ये हो जाएगा कि की लेवल ऑफ़ डिफिकल्टी कैसी होंगे ज़्यादा नहीं हो। बिल्कुल एंड में दूंगा सर हर एग्जाम डिफरेंट तो उनके डिफिकल्टी हाँ, लेकिन या ये जो एक्सचेंज रेट का सवाल है इसमें में किस तरह से पूछा तो स्टूडेंट को एक आइडिया हो जाता आइडिया तो हर पियर्सन व्यू के उससे भी हो जाता है मॉक से है असल में किसी ने बताया था एक आप ही का स्टूडेंट है कोई मंगल हुँ. तो उसने बताया था कि उसकी बहनों ने जो है वो पढ़ा था उन्होंने उससे ही करी थी, से। हाँ, लेकिन तो मुझे आया ही नहीं बहुत ज्यादा सवाल नहीं हो गया उसके अंदर लेकिन ये आइडिया हो जाएगी चले तो क्रेडिट सेल्स हमारे पास कितनी है टू फाइव डबल जीरो तो टू फाइव यूएसडी को हमने ट्रांसलेट किया वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट वन मिनट दोबारा बोले डबल नाइन एक सेकेंड लेटमी री चेक डिवाइडेड बाई वन पॉइंट थ्री एट नाइन सिक्स ठीक है अच्छा इसकी एंट्री क्या होगी अच्छा बैलेंस डेट आ गई और हमने इसको अमाउंट को अब तक कलेक्ट नहीं किया तो इट्स अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है अनसेटल्ड ठीक है अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बात कर लेते हैं ट्रांसलेट एट बैलेंस शीट डेट रेट जो अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन होगी वो बैलेंस के ऊपर रीट्रांसलेट होगी तो बैलेंस हमने क्या किया इसको अकाउंट को बैलेंस के ऊपर जो 2500 के रिसीवेबल्स थे, उसको एक डिफरेंट रेट से 1.3740 से ट्रांसलेट करें 1.819 uh, जीबीपी कितना डिफरेंस आ रहा है ट्वेंटी का गेन है या लॉस है? गेन रिसीवेबल बढ़ गया ना ज्यादा अमाउंट कलेक्ट होगा गेन अब इस ट्वेंटी के गेन को हमें रिकॉर्ड करना है तो हम कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट ट्वेंटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट एक्सचेंज के नाम से गेंटी अमाउंट कब कलेक्ट हुआ हमें पंद्रह जनवरी सत्रह को हमें टोटल अमाउंट कलेक्ट हो गया सही कलेक्शन के वक्त हमने कहा टू फाइव डबल जीरो यू डिवाइडेड बाय कितना रेट हो गया था वन पॉइंट कितने कलेक्ट हुए? 1799. One seven? Nine nine. Nine nine. और रिसीवेबल रिसीवेबल हमने हमने बुक बुक किस पे किया था? हमने बुक किया था, 1819 के ऊपर. हम पहली वाली एंट्री नहीं करेंगे. उसके बाद अच्छा, ये एंट्री ट्वेंटी से बन चुकी है तो अब हम कंपेयर करेंगे 1819 से 1819 से रिसीवेबल आ गया वन सेवन डबल के ऊपर डिफरेंस तो निकाले 20. 20 का क्या हो गया लॉस डिक्रीज जी लॉस अब हम एंट्री क्या पास करेंगे कैश कलेक्ट हुआ वन सेवन डबल अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ 1819 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सचेंज लॉस ट्वेंटी का एक्सपेंस तो ये अनसेटल्ड और सेटल्ड ए की सवाल में दोबारा हो परचेजेस ऑन क्रेडिट Five thousand five hundred USD. First April fourteen. Sales on credit. Two thousand five hundred USD. First October fourteen. Fifty percent of payment. Yeah, It's twenty one. Yes. Yes. yes. Mm -hmm. डिसम्बर अब इसके अंदर दो ट्रांजैक्शन है ना तो पहले हम परचेजेस को हैंडल कर लेते हैं उसके बाद सेल्स को हैंडल कर लेते हैं परचेजेस के अगेंस्ट पेबल होगा वो भी मॉनिटरी है सेल्स के अगेंस्ट होगा वो भी मॉनिटरी तो सबसे पहले तो हम इनिशियल फर्स्ट अप्रैल 2014 को इनिशियल रिकॉगनिशन करेंगे इसकी जी। तो उस इनिशियल रिकॉगनीशन के अंदर हमारे पास परचेजेज और पेबल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी परचेजेज थीम फाइव थाउजेंड और रेट है 1.2510 पॉइंट टू फाइव वन हमारे पास जी आ जाएंगे 4396 4396 नाइन ठीक है एंट्री परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट फिर इसकी सेटलमेंट हमने की फिफ्टी परसेंट ऑफ अमाउंट मेड टू पेबल ऑन फर्स्ट सेटल हो गया जी. हाफ सेटल होने का मतलब है फर्स्ट सेप्टेंबर 14 को हाफ कितना होता है टू सेवन फाइव सेटल हो गया रेट क्या है 1.2610 2181 सही एट तो हम हम सेटलमेंट के वक्त अकाउंटिंग करते हैं कि हाफ हमारा जो सेटल था वो प्रीवियसली 2750 डिवाइडेड बाय 1.2510 पे था इसका आंसर निकाल टू वन 2198 पे जो ना वो पेबल रिकॉर्ड हुआ हुआ था अब 2181 पे आ गया। तो वन एट वन 17। अच्छा सेटलमेंट जो हमारी हुई है वो हुई है 2181 ठीक है 21? नहीं ये पहले था ये 2198 वन नाइन एट के ऊपर ना टू वन सेटलमेंट हमारी हुई है टू तो इसका मतलब फायदा हो गया हमें कितना 17 ये एंट्री पास है 17 का एक्सचेंज गेन आ गया सेटलमेंट के ऊपर और रिमेनिंग जो, जो है होगा होगा वो तो one सेटल सेटल पड़ा हुआ है तो पड़ा है, लेकिन उसका भी तो रेट चेंज हुआ है हाँ लेकिन उसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे ना वो तो तो हाँ। तो है ना बैलेंस शीट डेट के ऊपर रिट्रांसलेट होगा इसका जो वर्जन अनसे टू सेवन फाइव जीरो प्रीवियस इसके ऊपर रिकॉर्ड हुआ है अब बैलेंस शीट डेट के ऊपर टू सेवन एक नए रेट के ऊपर ट्रांसलेट होगा एंड दैट न्यू रेट इज 1.2710 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 2.164 वन लाइबिलिटी कम हो गई 34 से कम हो गई थर्टी फोर फोर से लाइबिलिटी कम हो गई तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे इसकी एंट्री होगी अकाउंट्स पेबल डेबिट 34 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट एक्सचेंज गेन 34 ठीक है अब ऊपर रिसीवेबल्स पे चलते हैं सेल्स ऑन क्रेडिट फर्स्ट अक्टूबर 14 फर्स्ट अक्टूबर 14 पे 2500 USD, 2500 USD क्रेडिट फाइव तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे 2500 USD डिवाइडेड बाय फर्स्ट अक्टूबर का रेट 1.2590। पॉइंट डेबिट सेल्स क्रेडिट। उसके बाद इसकी इसकी कलेक्शन कलेक्शन हमें हमें हुई है। हमें हुई है। अगले साल 15 जनवरी पे। इसका मतलब है दिसंबर पे पर आउटस्टैंडिंग है जी। तो अनसेटल्ड एट 31 दिसंबर 14। डबल so, 2500 डिवाइडेड बाय 1.2710, 1967, 1967 GVP, निकालें, कम कम, हो गए, 19, 19 से लॉस आ गया ठीक है तो लॉस का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 19 से और अकाउंट रिसिवेबल क्रेडिट हो जाएंगे नाइनटी चलिए अब चलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट जनवरी 16 को एक प्लांट खरीदा यूएसडी वन लैख फिफ्टी और उस वक्त रेट चल रहा था 1 जी बी पी इज इक्वल टू so वन पॉइंट टू हम इसे इनिशियल मेजरमेंट पे ट्रांसलेट करेंगे तो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड यूएसडी Divided by 1.2510 rate, टू फाइव वन जीरो रेट तो कितने जी पी पी आएंगे एज्यूमिंग हमने पे कर दी तो प्लान डेबिट एंड कैश क्रेडिट हम नॉन की करते हैं किसकी नॉन इनिशियल मेजरमेंट पे तो सबको ट्रांसलेट करना पड़ता है ना अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में इसकी कोई रीट्रांसलेशन नहीं होगा नो no रीट्रांसलेशन सही जी। करेंसी so, के टॉपिक में दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। एक होती है प्रेजेंटेशन करेंसी और एक होती है फंक्शनल करेंसी प्रेजेंटेशन करेंसी होती है इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रोड्यूस्ड जिस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाए उस करेंसी को क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी अच्छा नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अगर पाकिस्तान में एक कंपनी है तो वो आख रूपीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही होगी लेकिन एक पाकिस्तानी कंपनी यूएसडी में अकाउंट बना रही है तो उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होगी यूएसडी सही फंक्शनल करेंसी क्या होती है करेंसी ऑफ दी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेटा इकोनॉमिक एनवायरमेंट का मतलब कंट्री नहीं होता ठीक है अगर पाकिस्तान में काम कर रही है तो पाकिस्तानी रूपी उसकी फंक्शन करेंसी होगी ऐसा नहीं है इकोनॉमिक एनवायरमेंट का मतलब होता है कि उसकी जो करेंसी है तो बाइंग सेलिंग के वक्त जो करेंसी इस्तेमाल हो रही है उसकी जो मेजर ट्रांजेक्शन है वो किस करेंसी में हो रही है? फॉर एग्जाम्पल उसकी सेल्स हो रही है यूएसडी परचेज हो रही हैं यूएसडी के अंदर उसने लोन लिया हुआ है यूएसडी के अंदर वो अपनी सैलरी पे कर रहा है यूएसडी के अंदर लेकिन कंपनी है पाकिस्तान में तो उसकी फंक्शनल करेंसी क्या होगी क्योंकि उसका इकोनॉमिक एक एनवायरनमेंट किस करेंसी पे कर रहा है यूएसडी के ऊपर तो उसकी एज कम्पेयर टू पाक रूपी यूएसडी के मूवमेंट से उसको ज्यादा फर्क तो पड़ता है हाँ लेकिन एक कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है उसकी फंक्शनल करेंसी यूएसडी है लेकिन हो सकता है कि उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी पाक रुपी हो क्योंकि यहाँ की जो तो रेगुलेटरी बॉडी है उनको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पाक रुपी में चाहिए होंगे ना तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी में डिफरेंस क्या होता है बस अच्छा। हो सकता है थ्यूरी पे सवाल आ जाए कि जी प्रेजेंटेशन करेंसी के चार ऑप्शन दिए होंगे बताए कौन सा ऑप्शन ठीक है तो एक कंपनी अगर पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है तो उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी पाक रूपी भी हो सकती है और अदर देन पाक रूपी भी हो सकती है लेकिन एक कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है तो उसकी फंक्शनल करेंसी नॉट पाकिस्तानी ने अदर देन पाकिस्तानी रूपीज भी हो सकती है ये एस ट्वेंटी वन हो गया ठीक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कितना किया ओवरव्यू किया था जो क्या कहते हैं रेट्स थे सही है क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी हमारा अभी हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रहता है ना डिस्कशन